राम राम सभी को कैसे हैं आप सब और कैसे आप सबके घर वाले मैं अपेक्षा करता हूं सभी स्वस्थ होंगे अच्छे होंगे और मस्त होंगे चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज की वीडियो की बात हम करने जा रहे हैं कि घर कैसे खरीदें ठीक है क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ धोखा होता है उन्हें घर कुछ और दिखाया जाता है पहले कुछ और बताया जाता है फिर लेकिन जब वो घर खरीदने जाते हैं या घर देखने जाते हैं एग्जैक्ट पॉइंट पर तो घर बहुत ही अलग ही होता है जो उनको कहा गया होता है कि भैया ये घर इतना अच्छा है या इतना इतने एककड़ में फैला है या इतने गज में फैला है तो घर की असलियत जो है वो कुछ और ही होती है ठीक है और कई बार लोगों के साथ धोखाधड़ी भी होती है कई बार तो ऐसा होता है कि लोगों को बताया जाता है कि इतने गज का प्लॉट है या इतने गज का घर या फ्लैट है और इतने रुपये का है मान लीजिए अठारह लाख रुपये का घर है ठीक है आपने अठारह लाख पे कर दिए अब 18 लाख में से आपने 6 लाख कैश पे किए हैं ठीक है 5 लाख आपने जो हैं आ, चेक पे किए हैं और बाकी का अमाउंट आपने यूपीआई या फिर किसी और के थ्रू पे किए हैं लेकिन आपने ऑनलाइन किए जिसका आप ट्रांजेक्शन शो कर सकते हैं ठीक तो आपके साथ अगर फ्रॉड होता कि मान लीजिए वो बाद में पता चलता है आपको तहसील में जाके कि यार ये तो अठारह लाख का था ही नहीं या फिर आस के लोगों से बात करने के बाद आपको पता चलता है कि यार ये तो अठारह लाख का फ्लैट था ही नहीं या अठारह लाख की ज़मीन थी नहीं तो आप तो आपके साथ तो धोखा हो गया था वो छः लाख का आपने अठारह लाख दे दिए ठीक है तो ये चीज़ से आप कैसे बचें तो आपको कभी भी अगर आप घर देखने जा रहे हो ना तो सबसे पहले उस एरिया के आस मतलब डीलर से बात करो डीलर अगर अच्छा नहीं बताता ना और हर डीलर से बात करो एक डीलर से मत बात करो आप एक डीलर से बात करोगे तो एक डीलर मान लो आपको कुछ और रेट बता सकता है कुछ भी कर सकता है ठीक है हर डीलर से बात कर लो और उस पर भी आप ट्रस्ट मत करो हर डीलर से बात करने के बाद भी आप खुद जाओ तहसील में उस जगह का एड्रेस लो भैया जगह कहाँ है एड्रेस लो उसके बाद तहसील में जाओ तहसील से पता करो कि ये एड्रेस का जो घर है इसका पूरा कितना कॉस्ट पड़ता है तहसील में आपको बकायदा बता दिया जाएगा कि इतना रुपये का घर है और इसकी जो स्क्वायर फिट्स हैं कितने के हैं कितने एकड़ में या घर घर है आपको सब कुछ वो बता देंगे तहसील में ही ठीक है लेकिन उसका भी एक प्रोसेस होता है वो क्या होता है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा ठीक और जो भी पे करना है आप कूपन कुप, पे कर रहे हो तो भी ऑनलाइन करिए और अगर आप घर खरीद रहे हो पूरा का पूरा तो भी आप ऑनलाइन ही पैसे दे खरीदें या फिर कैश या, कैश तो बिल्कुल दें ही ना बिल्कुल भी मत दें अगर हज़ार दस की बात है तो कैश दे दीजिए चल जाएगा लेकिन पूरा पे करने हैं तो आपको चेक या यू इन दो या फिर डिमांड रफ इसके अलावा आप कहीं पे भी मत जाइए पे करने के लिए वैसे में धोखाधड़ी के चांसेस होना बहुत कम हो जाते हैं अगर आप कैश करते हैं तो आपके साथ धोखाधड़ी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ये हमारे साथ हुआ है इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ ये आपको कैसे करना चाहिए और दूसरा कि आप अगर किसी के भी रेफरेंस में जाते हैं ना जैसे बहुत सारे होते हैं रिश्तेदारों के थ्रू चले जाते हैं कि भाई आपका रिश्तेदार कहता है कि हम तुझे ये घर दिला रहे हैं ठीक है तो आप आज कर लेते हो तो अंधा विश्वास कर लेते हो ठीक है कि भैया रिश्तेदार है क्या झूठ बोलेगा तो ऐसा मत करिए बहुत रिश्तेदार आपका ही पैसा खा लेंगे और आपको बताएंगे भी नहीं ठीक है आप जिन्हें भाई भाई कह रहे हो ना वहीं आपको भाई बर्बाद कर देंगे उनके भरोसा मत रहो अपना दिमाग दौड़ाओ तहसील में जाओ उस घर का एड्रेस लेके पूरा उस घर को बकायदा नापो कैसे नापा जाता है घर वो भी मैं आपको बताऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में ठीक है तो घर के नापो उसके बाद उसका पक्का प्रूफ लो कि चेन है कि नहीं उसने कब बनाया था वो घर या उसने किसने किस से ख़रीदा वो चेन चेक करिए फिर वो रजिस्ट्री चेक करिए और कई बार ऐसा होता है कि आपने मान लीजिए अठारह लाख पे कर दिए अठारह लाख या कोई भी अमाउंट आपने पे कर दिया उस घर का जो भी उस ऑनर ने मांगा है ठीक है लेकिन उस ऑनर ने आपसे कहा कि भाई ये अमाउंट मत लिखो आप ही को रजिस्ट्री के टाइम पे दिक्कत आएगी क्योंकि जब आप मान लीजिए 25 लाख का घर खरीदते हो ठीक है तो आपको पच्चीस हज़ार रुपये भी देने होते हैं रजिस्ट्री के टाइम वो एक होता है पर लाख हज़ार या दस हज़ार होता है अकॉर्डिंग टू स्टेट होता है वो जो भी अमाउंट होगा वो आपको रजिस्ट्री ऑफिस में जाके रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके पता चल जाएगा जो भी होगा ठीक है तो वो आप मत करना वो अमाउंट कम लिखवाएगा ही पेपर में कि आपने इतने रुपए दिए हैं आपने जितने दिए हैं उतने हैं लिखवाना क्योंकि कई सारे लोग बहुत गलती कर कर जाते हैं और बाद में बहुत पछताना पड़ता है और फिर कोई भी उनकी बात नहीं मानता सबको लगता है यही झूठ बोल रहे हैं और सामने वाला आपकी ही बेजती करके चला जाता है ठीक और आप रोते रह जाते क्योंकि आपके पैसे भी गए आपके साथ धोखा भी हुआ और आपकी इज्जत भी चली गई तीनों ही चीज़ हो जाते हैं आपके साथ तो संभल के रहना ठीक और सिर्फ़ ये कोई प्रॉपर्टी के मामले में नहीं है हर मामले में जैसे कि आप गाड़ी खरीदने जा रहे हो तो गाड़ी भी आप ऑनलाइन ही पैसे देके खरीदो यूपीआई करो चेक करो चेक से पे करो या फिर आप डिमांड ड्राफ्ट दो डिमांड ड्राफ्ट तो नहीं चलता खैर लेकिन या फिर लोन ले लो गाड़ी के ऊपर सबसे बेस्ट तरीका है कि गाड़ी को अगर आपको दिखाना कि आपने गाड़ी ली है तो उस गाड़ी के ऊपर लोन ले लो हाफ़ या फिर हाफ से ज़्यादा पेमेंट कर दो हंड्रेड परसेंट में से आप सेवेंटी परसेंट पे कर दो उसके बाद आप लोन पे गाड़ी ले लो क्योंकि इससे क्या होता है कंपनी भी आपको पकड़ कर चलती भाई इसी की गाड़ी है और बाद में गाड़ी आपके पास भी रहेगी और चीज़ें आपसे धोखा भी नहीं होगी सेकंड हैंड गाड़ी ले रहे हो तब भी आप ऑनलाइन ही पे करो चीज़ें ऑनलाइन ही पे करना बहुत ही धोखेबाज लोग हैं आजकल की दुनिया में कैश मांगे कैश मत दो कैश हार्डली आप दस दे दो पाँच हज़ार दे दो उससे ज़्यादा मत दो क्योंकि पैसे एक एक रुपए वैल्यू करते हैं और घर खरीदने जा रहे हो तो कुपन तो अपने साथ कभी मत लेके चलना पहले बता रहा हूँ क्योंकि वो आपको पता नहीं कौन कैसा होगा कैसा इलाका होगा आपको कुछ नहीं पता आपके हाथ से छीन लिया तब कौन जिम्मेदार है ना पैसा अगर आपके हाथ से छीन ले गया या फिर आपके साथ कुछ भी हो गया तब कौन ज़िम्मेदार होगा कैश मत ले चलना जहाँ भी जाना है चेक लेके जाओ या फिर कुछ भी लेकर जाओ और अपने अपने को पहले सुप्रीम करो कई बार ऐसा होता है कि आप घर देखने जा रहे हो घर वाला आप ही को बेकूफ़ना देता है या फिर आप पे ही दबदबा बनाने लग जाता है कि नहीं हमारा घर सही है इतने का है उतने का है लोग पागल हैं आप पागल हो कि आप दूसरे की बात सुन रहे हो या फिर आप पड़ोसी बात करके क्या करोगे उसकी बात बिल्कुल मत सुनो घर आप लेने जा रहे हो आपका पैसा लग रहा है आप चेक करिए ठीक है क्या हो रहा है क्या नहीं है क्या वैल्यूशन है कैसा है, सोसाइटी है क्या आस के एरिया है अगर घर आपका मार्केट से ठीक पाँच मिनट की दूरी पर है तब आपका वैल्यूशन जो होता है वो बढ़ जाता थोड़ा घर के प्रॉपर्टी का वैल्यूशन जो है बढ़ जाता है लेकिन अगर वही मार्केट से दूर है बहुत थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा दूर है तो उसकी थोड़ी सी प्राइसिंग घट जाएगी वो मेन तो सड़क के पास है कि नहीं है या तो मेन तो सड़क से कितनी दूरी पे है बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है वो मैं सब आपको नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से बताऊँगा और अच्छे से समझाते हुए बताऊँगा लेकिन आप ये समझो कि आपको कैश तो कहीं लेके नहीं जाना जल्दी अगर आपके पास कैश है भी तो आप उसको कैश ऐसे मत दो आप क्या करो बैंक चले जाओ आपके पास चेक नहीं है तो एक दो दिन वेट कर लो ठीक है या फिर आप किसी से कह के ऑनलाइन पे करवाओ या कर दो कुछ भी करके आप उसको ना मतलब प्रूफ करो कि आप नहीं दिए हैं इतने पैसे वरना आपके साथ धोखा बहुत गंदा होता है और बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि धोखेबाजों से और कैसे बचा जाए ठीक है क्या क्या करना चाहिए हो सका तो मैं इंस्पेक्टर साहब एक हैं हमारे जान पहचान के इंटरव्यू लेने की कोशिश करूँगा उनका इंटरव्यू लेने की कोशिश करूँगा वो आपको ताकि और अच्छे से बता सकें ठीक है और बहुत सारी चीज़ें हैं सावधान रहें सतर्क रहें और मेरा वीडियो देखते रहें थैंक यू वेरी मच